वेलकम टू द चैनल आर आर आर रवि एंड यू वाचिंग माय अगर आपको फेटी लीवर है दोस्तों अगर आपको डाइजेशन या लीवर से संबंधित अगर कोई भी अगर समस्या है तो दोस्तों आज का वीडियो केवल और केवल आपके लिए है दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों के लिए मेरी तरफ से एक तोहफा है एक गिफ्ट है तो दोस्तों तोहफा कबूल कीजिए दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने अपने YouTube चैनल पतंजलि आप लोगों को ये जो नो उदरा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा हूँ तो दोस्तों अगर आपको उस फ्री गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो आप हमारे पतंजलि प्रोडक्ट पे जो इसका वीडियो डाला हुआ है उससे आप जरूर देखिएगा या फिर आप स्क्रीन पे जो व्हाट्सअप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैं आपको आपको आपको वो वीडियो डायरेक्टली पहुंचा दूंगा दोस्तों हो सकता है है कि ये ये जो है फ्री आपको ये जो है, फ्री फ्री में पार्टिसिपेट करके भी बिल्कुल ऑफ मिल सके दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल RRR यूट्यूबी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल बटन लिखेगा व नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले वह सबसे जल्दी मिल सके दोस्तों सबसे पहले हम इसके ऊपर पढ़ लेते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है इसके बाद में डिटेल्ड में आपको इसका पूरा जो है जानकारी दूंगा और हाँ अगर आपको कोई भी डाउट हो क्वेश्चन हो कुछ कंफ्यूजन हो या कुछ समझ में ना आए तो वीडियो के, कमें से के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कोई भी दवाई चाहिए या अगर आप आपकी किसी भी बीमारी भी को लेकर पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैं आपको फोन लगा के ऑन कॉल पर्सनल कंसल्टेशन प्रोवाइड करवा दूंगा आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो दोस्तों मेरे हाथ में आप ये जो देख रहे हैं पतंजलि की उदरामृत वटी है और इसके ऊपर लिखा हुआ दोस्तों दिव्य उदरामृत वटी दोस्तों यहाँ पे दिव्य लिखा है तो यह बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि जो दिव्य होता है ये पतंजलि की फार्मेसी है ठीक है पतंजलि दवाइया दिव्य फार्मेसी में बनाती है और जो एफ एम होते हैं मतलब खाने पीने का जो सामान होता है वो पतंजलि फार्मेसी में बनता है तो यहाँ पे आप कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत होइयेगा दिव्य उदरामृतवटी उदरामृत वटी मतलब इसका नाम का मतलब क्या है ठीक है उदरामृत मतलब उदर प्लस अमृत अब उदर का मतलब होता है दोस्तों पेट और अमृत का मतलब होता है अमृत जो कि आप सब कुछ समझते हैं ठीक है तो पेट के लिए अमृत है जो उसे बोलते हैं उदरामृत ठीक है तो वटी का मतलब होता है गोली तो पेट के लिए अमृत वाली गोली ठीक है पेट के लिए अमृत कैसे है क्योंकि पेट से संबंधित सभी रोगों को यह दूर करती है इसलिए यह पेट के लिए अमृत किलाती है तो इसके नाम का मतलब ये हुआ ए प्रोडक्ट ऑफ दिव्य फार्मेसी भारत में निर्मित जैसा कि भारत में निर्मित है और दिव्य फार्मेसी का ये एक प्रोडक्ट है नेक्स्ट साइड इसमें लिखा हुआ है आयुर्वेदिक प्रोपाइटरी मेडिसिन मतलब ये आयुर्वेदिक प्रोपाइटरी मेडिसिन है मतलब दवाई है और दवाइयों को अपने मन से बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि दवाइयों का सेवन किसी के मार्गदर्शन में किसी के कंसल्टेशन लेके ही आपको करना है क्योंकि कहते हैं आयुर्वेद दवाइयों में साइड इफेक्ट नहीं होता है लेकिन कभी कभी किसी की बॉडी सिचुएशन बॉडी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि हो सकता है कि उसे इस दवाई की जरूरत ना हो और ये दवाई ले ले तो हो सकता है इससे उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाए ठीक है तो आप बिना मार्गदर्शन के कंपोजिशन मत की मतलब इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है किन किन चीजों से मिलकर बनी हुई है दोस्तों इसके अंदर मिला हुआ है कंपोजिशन में भूमि आवला पुनर्नवा और मकोई दोस्तों मैंने पहले भी आपको कई बार कई वीडियोस में बता रखा है कि पुनर्नवा भूमि आवला और मकोए लीवर के लिए रामबाण औषधि है दोस्तों ये लीवर के लिए बहुत ही बेस्ट दवाई है पुनर्नवा, भूवि आंवला और मकोय जैसा कि दोस्तों सर्वकल्प जो आता है उसमें भी केवल तीन चीज होती है पुनर्नवा भूवि आंवला और मकोए और ये जो पतंजलि की लिवोग्रेट टेबलेट है इसके अंदर भी दोस्तों पुनर्नवा भूमि आंवला और मकोई बस ये तीन चीज़ें ही है इसके अलावा और कुछ भी नहीं है तो ये जो पूर्णवा भूमि आंवला और मकोई होती है दोस्तों ये बहुत ही अच्छी रामबाण औषधि होती है लीवर के लिए और वैसे मैंने लिवो का दोस्तों वीडियो ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पतंजलि का कॉलेज के ऊपर डाल रखा है अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर उसे जरूर देखिएगा उसमें आपको लीवोग्रेड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी अभी दोस्तों इसमें आगे क्या क्या मिला हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूं पुनवा भूमि आंवला मको चित्रक आंवला छोटी हरड़ दोस्तों यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा भूमि आंवला और आंवला दोनों अलग अलग चीजें एक चीज नहीं है ठीक है आंवला छोटी हरड़ बहेड़ा सौफ तुलसी निशोत कुटकी अतीस आम बेल पुदीना अजवाइन अतिबाला गिलोय नाय लोह भस्म मंडूर भस्म कपर्दक भस्म मुक्ताशुक्ति भस्म शंक भस्म कशिश भस्म और एक्सट्रेक्टिव फॉर्म में है इसमें घृत कुमारी बोले तो एलोवेरा अब देखिए दोस्तों इसमें की क्वान्टिटी को यह बढ़ाता है ठीक है तो ये बहुत अच्छी चीज है और हालांकि इसमें काफी सारी भस्मे मिली हुई है तो ये अपने अच्छा आप में प्लेटलेट्स प्लस है। तो बहुत काफी स्ट्रॉन्ग है और इसे अपने मन से बिल्कुल भी नहीं लेना है बस दोस्तों इसके ऊपर इतना लिखा हुआ है कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है इतनी सारी चीजों से मिलकर बना हुआ है दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो इस वीडियो को प्लीज एक एक लाइक ठोकते जाइए और आप कमेंट में अपने सारे क्वेश्चंस कमेंट में आप लिखते जाइए ताकि अभी दो से तीन घंटे में सभी के कमेंट्स का रिप्लाई कर देता हूं डोजेस अब देखिये डोजेस मतलब आपको कितना लेना है कितनी मात्रा में कितनी गोली इसकी जो है लेना है एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन दोस्तों यहाँ पे आपकी जो इच्छा थी ना कि किस बताएंगे तो दोस्तों मतलब के निरीक्षण में प्रयोग करें चिकित्सक बताएगा आपको कि कितना लेना है क्योंकि जैसा मैंने बताया ये एक दवाई है और दवाई को मन से बिल्कुल नहीं लेना चाहिए इसलिए इसके ऊपर लिखा हुआ भी नहीं है कि इसको कितना लेना है तो इसको अपने किसी चिकित्सक के कंसल्ट करके ही आपको इसको लेना है वो आपकी बीमारी के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे कि इसको कैसे लेना है या फिर आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं मैं आपको फोन लगा के पर्सनल कंसल्टेशन प्रोवाइड करवा दूंगा और मैं आपको बता भी दूंगा कि इसको आपको कितनी मात्रा में लेना है कैसे लेना है और क्या इसकी आपको जरूरत भी है या नहीं है इंडिकेशन में दोस्तों इसमें लिखा हुआ है मतलब क्या क्या काम आता है यूजफुल इन लीवर डिजीजेस एन अदर गैस्ट्रिक डिसऑर्डर मतलब लीवर से संबंधित समस्या और गैस से संबंधित समस्या में ये काम आती है बस दोस्तों इसके बाद में इसके अलावा इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ठीक है अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूं कि ये किन किन बीमारियों में काम आता है और कौन इसका उपयोग कर सकते हैं देखिए दोस्तों अगर आपको डायजेशन से संबंधित कोई भी समस्या हो रही हो आपको लीवर से संबंधित कोई भी समस्या हो रही हो ऐसे में आप उदराृत वटी का सेवन बिल्कुल कर सकते हैं यहां पे मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि वटी को अकेले नहीं लेना है अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है बहुत ज्यादा लंबे समय से प्रॉब्लम नहीं है तो उदरामृतवटी प्लस उदर पंचामृत जूस ये मैं आपको बता देता हूं ये उदर पंचामृत जूस ठीक है उदरामृतवटी और उधर पंचामृत जूस इन दोनों का सेवन बस अगर आप साथ में कर लेते हैं तो आप देखेंगे ज्यादा नहीं बोला हूं केवल तीन दिन केवल तीन दिन में आपको आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी ना उसमें आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा केवल तीन दिन के अंदर अंदर वटी और उधर पंचामृत जूस हालांकि देखिए उधर पंचामृत जूस बहुत ही अच्छी दवाई है लीवर के लिए डाइजेशन के लिए ठीक है हालांकि ये तो एक हजार से ज्यादा बीमारी में काम करती है इसके कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है हालांकि अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं लेकिन उदरामृतवटी का अगर आप सेवन करते हैं तो साथ में उधर पंचामृत जूस का आपको सेवन करना है ठीक है इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है इन दोनों को आपको साथ में लेना है हालांकि इसका इसका वीडियो वीडियो अगर आपको देखना हो डिटेल में में तो मैंने अपने YouTube चैनल पतंजलि का कॉलेज ऑलरेडी डाल रखा या मुझे आप डायरेक्ट भी व्हाट्सअप कर सकते हैं संबंधित समस्या ठीक है अब देखिए क्या होता है कि जमाने में जो खान पीन है जो दिनचर्या है जो लोगों का रूटीन है इस कारण से हमारा डाइजेशन बहुत ज्यादा खराब हो गया है और जब से कोरोना आया है कोरोना के बाद में दोस्तों मेरे खुद के पास पास में भी कई सारे पेशेंट डाइजेशन प्रॉब्लम के आने लगे हैं क्योंकि दोस्तों क्या हो रहा है ना कि जैसे जैसे हम जितना ज्यादा बिजी होते जा रहे हैं हमारी लाइफ में उतनी ज्यादा ही समस्या हमारी लाइफ में होते जा रही है तो ऐसे में सबसे ज्यादा अगर समस्या हो रही है तो डाइजेशन की हो रही है दोस्तों अगर आपको गैस बनती है आज की तारीख में 99% लोगों को गैस की समस्या हो रही है अगर आपको गैस बनती है अगर बहुत लंबे समय से भी गैस की प्रॉब्लम है या कम समय से भी गैस की प्रॉब्लम है तो ऐसे में उद्राम तो का आप सेवन कर सकते हैं अगर आपका खाना पचता नहीं है डाइजेस्ट नहीं होता है तो ऐसे में आप उद्रामी तो का सेवन कर सकते हैं अगर आपको भूख नहीं लगती है ठीक है बहुत से लोग बोलते हैं सर हमको भूख नहीं लगती है हम क्या करें हम खाना दो दिन भी नहीं खाएंगे तब भी हमको खुल के भूख नहीं लगती है तो जिन लोगों को भूख नहीं लगती तो ऐसे में आप उद्राम रुटी का सेवन कर सकते हैं जिन लोगों को खाना तो बहुत खाते हैं लेकिन शरीर को नहीं लगता है ताकत नहीं रहती है मतलब जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग तो बहुत मोटे मोटे होते हैं लेकिन अगर हम उनसे बोले कि 10 किलो वजन उठाना है 20 किलो वजन उठाना है 25 किलो वजन उठाना है तो उनसे वजन उठता नहीं है क्योंकि शरीर तो हट्टा कट्टा है शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने में देर नहीं लगती है लेकिन शरीर के अंदर जो एक ताकत होनी चाहिए जो पावर होनी चाहिए जो एनर्जी होनी चाहिए वो एनर्जी लेवल वो ताकत वो पावर वो नहीं है ठीक है तो वो क्यों नहीं है क्योंकि आप जो खाना खाते हो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। अब जब खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो दोस्तों शरीर को कैसे आपके विटामिन मिनरल्स प्रोटीन्स जो भी चाहिए वो नहीं मिल पाता है तो ऐसे में आपका शरीर वीक होता है मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है तो ऐसे में आप उद्राम रोटी का सेवन कर सकते हैं दोस्तों जिन लोगों को आई इरिटेटेड बाउल सिंड्रोम की प्रॉब्लम है तो ऐसे में आप का सेवन कर सकते हैं हालांकि मैं जितनी भी बीमारी आपको भी हाँ पे बता रहा हूँ इसमें केवल उद्रामित आपको काम नहीं आएगी मैं फिर से आपको बता दू कि मैं जितनी भी प्रॉब्लम यहाँ बता रहा हूँ इसमें केवल उद्रामित वटी आपको काम नहीं आएगी इसके लिए आपको कंप्लीट डोज देना पड़ेगा आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपके बॉडी हार्मोन के अकॉर्डिंग तो आप इस चीज को बिल्कुल दिमाग में रख के ही इसका उपयोग कीजिएगा ठीक है ताकि आप जो भी दवाई ले इसका आपको पूर्णतः पूरा लाभ मिल सके दोस्तों जिन लोगों को पेट दुखता है बार बार बहुत से लोगों की समस्या होती है सर पेट बहुत ज्यादा दुखता है तो पेट दुखने की समस्या में भी आप इसका सेवन कर सकते हैं दोस्तों जिन लोगों को गैस के कारण सर दुखता है या फिर रात में नींद नहीं आती है ठीक है बहुत सारे लोग हमारे पास में आते हैं जो लोग बोलते हैं कि सर हमें नींद नहीं आती है हमारी नींद उड़ चुकी है या हमें रात में नींद आने के बाद में एक बार नींद खुल जाती है तो दो बारा नींद नहीं आती है तो ऐसे में भी आप उदामत पट्टी का सेवन कर सकते क्योंकि नींद का और डाइजेशन का आपस में कनेक्शन है जी हाँ दोस्तों इसके ऊपर अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर डिटेल में मैं वीडियो बनाऊं कि वो कैसे काम करता है पीछे का सिद्धांत क्या है प्रिंसिपल क्या है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा मैं ठीक है तो जिन लोगों को नींद नहीं आती है वो लोग भी इसका बिल्कुल सेवन कर सकते हैं जिन लोगों की पाचन शक्ति अच्छी है ठीक है जिन लोगों की पाचन शक्ति अच्छी है, मतलब खाना पचता है ठीक है सब कुछ होता है लेकिन फ्रेश नहीं हो पाते हैं ठीक है लेटरिन नहीं आ पाती है मोशन नहीं आ पाते हैं स्टूल नहीं हो पाता है ठीक है जिन लोगों को फ्रेश होने के लिए चूरण खाने पड़ते हैं गर्म पानी पीना पड़ता है बहुत सारे प्रकार के अलग अलग तरीके के नुस्खे अपनाने पड़ते हैं तब जाके कहीं वो फ्रेश हो पाते हैं या जो लोग एक बार में फ्रेश नहीं हो पाते हैं ऐसे लोग भी अगर अमृत अमृतवटी का सेवन करते हैं कंप्लीट डोज के साथ में तो आप देखेंगे कि आपकी ये जो फ्रेश होने से संबंधित जो समस्या है इसमें आपको काफी अच्छा जो है लाभ देखने को मिलता है जो लोग स्किन डिजीज के शिकार है चर्म रोग है ठीक है और चर्म रोग बहुत ज्यादा वाला नहीं बता रहा हूं जिनको हल्का फुल्का जैसे किसी को चेहरे पे फुंसियां हो जाती है पिंपल्स हो जाते हैं कभी कभी बॉडी पे पिंपल्स हो जाते हैं तो ऐसे में भी आप अगर उद्राम पट्टी का सेवन करते हैं तो यह आपको काफी लाभ देता है जिन लोगों को पाइल्स हो गया है बवासिर हो गया है मस्सा हो गया है बगंदर हो गया है फिस्टूला हो गया है ठीक है मतलब पायल्स से संबंधित अगर आपको समस्या है तो ऐसे में भी आप वटी का सेवन अगर करते हैं तो ऐसे में आपको काफी अच्छा जो है लाभ देखने को मिलता है कब्जे है, है, है तो ऐसे में भी आप उद्राम वटी का सेवन करते हैं तो आपको इसमें बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है दोस्तों ओवरऑल आपके डाइजेशन से संबंधित हर समस्या में आपको ये बहुत अच्छा काम करती है जिन लोगों को फैटी लीवर है लीवर में सूजन है टाइफाइड हो गया है ठीक है पीलिया हो गया है, मोतीजीरा हो गया है ऐसे लोग भी अगर उद्रामृतवटी का सेवन करते हैं, तो इसमें भी आपको बहुत अच्छा जो है लाभ देखने को मिलता है फिर से बता रहा हूं जितनी भी बीमारी बताइए, अकेले मत लेना नहीं तो फिर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके आप लोग ही कमेंट करोगे कि सर हमने उद्रामृतव्टी ली लेकिन हमको लाभ देखने को नहीं मिल है ऐसा क्यों हो रहा है हम बॉडी पे असर क्यों नहीं कर रही उसका कारण है पहली बात आपने अपने मन से ली दूसरी बात हो सकता था आपको इसकी जरूरत भी थी या नहीं थी तीसरी बात आपने ये जो उद्रामी ली है इसके साथ कंप्लीट डोज लिया है या नहीं लिया है ये बहुत मायने रखता है इसीलिए दोस्तों मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि मैं जो भी दवाई बताता हूँ इसको अपने मन से बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की इस वीडियो में मैंने जितनी भी चीज़ें आपको समझाई पूरी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी अगर दोस्तों आपको कोई भी डाउट है कन्फ्यूजन है क्वेश्चन है या कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा या आपकी ऐसी कोई बीमारी है जो इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाया हूँ तो वो भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा या फिर डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैं दो से तीन घंटे में आपकी कमेंट का भी रिप्लाई करूँगा व्हाट्सअप का भी रिप्लाई करूंगा ठीक है और अगर आपको ये उद्राम वटी फ्री में चाहिए या आप इस फ्री गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए कि सर जो उद्रामतवटी का गिव अवे चल रहा है पतंजलि प्रोडक्ट यूट्यूब चैनल पे उसका लिंक कर दे दीजिए बस आप व्हाट्सएप करेंगे मैं आपको लिंक दे दूंगा आप पार्टिसिपेट कर लेंगे और हो सकता है आपको ये जो उद्रामवटी का फ्री गिव अवे में जो नो गिव अवे कर रहा हूं ये आपको मिल पाए तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर दीडियो और दोस्तों अपने WhatsApp के स्टेटस पे इस वीडियो को एक दिन के लिए जरूर लगाइएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस उद्रामी के पूरे लाभ को फायदे मिल सके और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक नहीं किया तो कर दीजिए हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट ही तो है दोस्तों जो हमें वीडियो बनाने के ऊपर मजबूर कर देता है आप लोगों का ही तो सपोर्ट है जो हमें आप लोगों की हेल्प करने के लिए मजबूर कर है, तो ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों आप लोगों, का इस वीडियो को देखने के लिए, आप लोगों का इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए लाइक करने के लिए शेयर करने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम